हेलो फ्रेंड्स आज हम लेके आ गए फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो ऐसी वीडियो में आपने कभी नहीं देखी होगी हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्त मेरा नाम आकाश कुमार है और हमारे रुपया को शॉर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आपने अपने कंप्यूटर में या पीसी में अपने फोल्डर पे नाम चेंज किया होगा फोल्डर पर आइकन चेंज किया होगा सब कुछ किया होगा मगर आज इस वीडियो में हम आपके लिए बताएँगे कि अपने मोबाइल में जो भी ऐप्स आते हैं उन पर अपना आइकन कैसे लगा सकते हैं उन पर अपना फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं उन पर अपना नाम कैसे लगा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम हाँ आपके लिए क्लियर ही बताएंगे कि अपने मोबाइल में अपना फ़ोटो आइकन पर कैसे लगाएं या ऐप के ऊपर अपना नाम कैसे डालें तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये मोबाइल है इसमें बहुत से आइकन यहाँ पर आ रहे हैं बहुत से यहाँ पर ऐप आए हुए हैं मगर इन पर हम बताएंगे कि अपना फ़ोटो या नाम कैसे चेंज कर सकते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं तो आपके लिए दोस्त ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा बहुत ही नॉर्मल सी और बहुत ही शानदार छोटी सी ट्रैक है सबसे पहले अपना आप नेट ओपन कर लेना है नेट ओपन करने के बाद आपके लिए प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा यहाँ पर आपके लिए सर्च करना होगा आइकन मैं यहाँ पर आइकन ऐप सर्च कर ले रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए बहुत से आइकन ऐप मिलेंगे मगर ये यहाँ पर बताने क्या आ गया है ये हाँ आपके लिए यहाँ पे सर्च कर रहा हो आइकन चेंजर फ्री इस पर आपके लिए क्लिक करना होगा यहाँ पे बहुत सारे आइकन चेंजर आते हैं मगर इनमें से आपके लिए सब यूज नहीं करना है सब बहुत बेहतर से नहीं वर्क करते हैं सब रुपए मांगते हैं पे करने के लिए मांगते हैं मगर यहाँ पे ये यह आता है आइकन चेंजर ये सबसे बेहतरीन है उसको आपके लिए फटाफट इंस्टॉल कर लेना होगा जब तक तो मेरा इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर तो जब तक के लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है और हमने ऐसी शानदार से शानदार वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है इससे बेहतरीन वीडियो पड़ी हुई है आप जाके हमारे चैनल को देखें और हमने सभी वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है जब तक हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक यहाँ पे इंस्टॉल हो गया आपके लिए फटाफट अपने मोबाइल में भी इसको ओपन कर लेना मैं इसको बहुत जल्दी से ओपन कर ले रहा हूँ इसमें आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे सभी आइकन शो हो जाएंगे जो ऐप है हमारे वो ऐप सभी आएप यहाँ पे शो हो जाते हैं और आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए कौन से ऐप का आइकन चेंज करना है किस पे अपना फ़ोटो लगाना है यहाँ पे तो वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ कि अपने फाइल पे फ़ोटो कैसे लगाते हैं यहाँ पे आता है फाइल तो यहाँ पे फाइल की जगह अपना नाम डाल सकते हैं पहले अपना मैं फ़ोटो लगा के दिखा रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज चेंज पे के करना है और एक्सटर्नल गैलरी पर आपको जाना है यहाँ पर आपको फाइल चॉइस करनी है आपको अपने फाइल में जाना है आपके लिए देखना है कि हमारा यहाँ पर फ़ोटो कौन सा आपके लिए लगाना है तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो आ रहे हैं आपके लिए जहाँ भी आपकी इमेज में जहाँ पर भी हुए हों वहाँ से आप फ़ोटो फटाफट निकाल लेना है यहाँ पे फोटो को आपको एक लगा देना हमारे यहाँ पे बहुत सारे फोटो आ रहे हैं चलिए हम आपके लिए एक बहुत नॉर्मल सा छोटा सा फ़ोटो भी लगा के आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे हमारा ये फ़ोटो शो होके आ जाएगा ठीक है और आपके लिए फ़ोटो यहाँ पर क्रॉप कर लेना है क्रॉप करने बाद येस करना है यहाँ पर हम देख सकते हैं फोटो मेरा यहाँ पर आ गया है यहाँ पर करना है आपके लिए डन और कर देना इसके लिए ओके ओके करने के बाद यहाँ पर ये अपने यहाँ प्रोसेस पूरा लेगा और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ही चेंज कर देगा इसके लिए तो यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन ये चल रही है ये हमारी पूरी होने के बाद यहाँ पे हमारा आय में अपना फ़ोटो लग जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे आयकर में फोटो लग गया है तो यहाँ पर करना है आटो डन ठीक है ऑटो करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आई कर्ड है फाइल हमारी यहाँ पे ओपन हो गई है आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार तरीके से हमने ऐप के ऊपर नाम और ये चेंज करके दिखाया इसी तरह से हम अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं नाम चेंज करना में कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे फटाफट फिर से अपने ऐप में जाना है आपके जिसका भी नाम चेंज करना है यहाँ पर आइए फटाफट और बहुत जल्दी से मानते हैं कि हमने फोटो की जगह अपना नाम चेंज करना है यहाँ पे फ़ोटो का नाम भी आप चेंज बहुत आसान तरीके से कर सकते थे यहाँ पे हमने कुछ भी नाम डाल दिया है यहाँ और पे। यहाँ पे इसका चेंज आइकन भी चेंज करके दिखा रहा हूँ आपके लिए फटाफट बहुत जल्दी से आपको करके दिखा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे ये मेरा थोड़ा प्रोसेस जरूर ले रहा है यहाँ पे आपके लिए फटाफट फोटो को क्रॉप करके यहाँ पे ले आना है उसको डन करना है ठीक है डन करने के बाद फटाफट हम देख सकते हैं प्रोसेस ये बहुत स्पीड से ले रहा है ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस होने के बाद इसको ऐड ऑटोमेटिक करते हैं तो यहाँ पर यह हमारा देखो नाम भी चेंज होकर आ गया हमारा फोटो भी यहाँ पर बन के आ गया है तो यहाँ पर इसको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ आपके लिए ओपन होती है यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो फोटो यहाँ पर ओपन हो आ गया है तो इसी तरह से यहाँ भी बहुत आसान तरीके से अपने मोबाइल में हैं कि आइकन पर फोटो वगैरह लगा सकते हैं तो वीडियो मेरी कैसी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हम अलविदा लेते हैं जय हिंद दोस्तों